मैंने बताया था कि आज निप्टी बैंक नीचे गिरने की संभावना है और क्लोजिंग पुट के साथ ही होगा जैसा कि हुआ ये मैंने यूसएस शेयर मार्केट को देख के गेस किया था और उसके हिसाब से ही अपना निप्टी बैंक चल रहा है हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है लेकिन लगभग आपको 90% सही रिजल्ट मिल जाएगा इसी थोड़ा बहुत जानकारी के लिए मेरे वीडियो को देखते